में कोई जिज्ञासा है है से संबंधित या कोई प्रश्न जो है आपके मन में ज्योतिषर तो है तो चलते हैं दर्शकों मेष राशि के ऊपर जातक रहेंगे 2020 में, क्या कुछ शनिदेव का प्रभाव रहेगा तो देखिए साल दो हजार बीस में शनिदेव जो है अभी तक आपके भाग्य के घर में चल रहे थे धनु राशि में चल रहे थे लेकिन अब ये स्वराशि आ रहे हैं अर्थात दशम भाव में आ रहे हैं दशम भाव दर्शकों किस चीज का होता है तो दशम भाव आपकी होता है प्रभुता का आपके होता है अधिकार का आपके होता है कर्मों का आपके होता है करियर का तो लिहाजा इस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 तो साल के शुरुआत में आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है लेकिन साल के मध्य तक आपकी स्थिति समान हो जाएगी अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राओं पर को जा सकते हैं इस साल जो ये शनि का गोचर रहेगा ढाई वक्त तक जो शनि आपके रहेंगे मकर राशि में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 जमीन से जुड़े मामले में कोई फैसला लेने से पहले बड़े लोगों की सलाह ले जानकारों की सलाह लें तो ज्यादा ठीक रहेगा स्किन रिलेटेड कोई डिजीज आपको इस स्पष्ट परेशान कर सकती है त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं वहीं इस माह कुछ आकस्मिक इस साल आपको आकस्मिक धनलाभ होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा मिथुन राशि के जात को में स्थान परिवर्तन का अप्रैल तक योग बन रहा है कोई नया चाह कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और भाग्य का आपको बेहतर साथ मिलेगा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 भी दर्शकों तमाम दर्शक पूछते हैं कि हमारा राशिफल किस पर आधारित है? तो देखिए शनिदेव का या जो यात्रा याशि प्रधानम नाम राशि ना तो नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए वही कर्क राशि के जातकों साल दो हजार बीस में शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे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 सिंह राशि के जातकों इस साल आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा सफलता प्राप्त करने के लिए, लिए आप रहेगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी आपकी दूर होगी रिलेटेड रिलेट, मेंटल मानसिक रोग से रिलेटेड जो भी जातक है उनको मतलब बीमारी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही नौकरी बदलने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो सितंबर से दिसंबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा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 तो तुला राशि के जातकों साल 2020 शनिदेव का गोचर कैसा रहेगा तो शनि आपके चतुर्थ भाव में स्थित होंगे चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं जो चतुर्थ भाव होता है ये आपके होता है सुख का और अतिशोक्ति नहीं होगी ये कहते हुए कि तुला राशि के जातकों आपके लिए शनिदेव का यह गोचर काफ़ी कुछ अच्छे अवसर ले करके आएगा काफ़ी कुछ ये गोचर आपको दिलाएगा अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपको अच्छे अवसर मिलेंगे शनि देव का यह गोचर बिजनेस की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी मजबूत होगी इस वर्ष आप कोई नया फ्लैट ले सकते हैं कोई नई जमीन ले सकते हैं कोई अपनी नई फैक्ट्री डाल सकते हैं यदि आपके पास ऑलरेडी वाहन है आप उसको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं या उसके साथ साथ आप दूसरा वाहन भी देखिए क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं फेफड़े से संबंधित कोई यदि रोग था आपका वो दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप कोई बहुत बड़ा पैसा जमीन जायदाद में लगा सकते हैं बाग बगीचे इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं और कोई गड़ा हुआ धन जिसको हम बोलते हैं वो भी तुला राशि के जातक पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन दर्शकों देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है तो कोशिश कीजिएगा किसी को पैसा मत दीजिएगा आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी आपके अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम आएगी इस अहंकार से अपने आप को आपको बचाना रहेगा साल के मध्य में शनिदेव की वक्री गति होने से माता या भाई बहनों के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इस साल आप पेट और त्वचा संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे शनिदेव के घर में बैठकर तीसरी दे रहे हैं तो त्वचा संबंधी रोगों से परेशानी आएगी। सितंबर माह के बाद विदेश यात्राओं का योग बन रहा है कोई नया बिजनेस कॉस्मेटिक चीजों से जुड़ा हुआ तैलीय पदार्थों से जुड़ा हुआ इस साल आप शुरू कर सकते हैं वही विद्या के लिए एजुकेशन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मंगलवार और शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए हनुमान जी को आपको चमेली के तेल में सिंदूर डाल के लेप लगाना होगा क्योंकि शनि की भैया भी रहेगी तो ये चीज आप लोग जरूर करिएगा वृश्चिक राशि के जात को कैसा रहेगा शनिदेव का यह गोचर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 संपत्ति का होता है कुटुंब का होता है ससुराल पक्ष का होता है आपकी जीप का होता है आपके पड़ोसियों का होता है तो सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा दुगना फल मिलेगा पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बन रहा है इस साल आपको पैसों की कुछ तंगी का सामना करना पड़ सकता है इसलिए मेहनत से पीछे बिल्कुल भी मत हकीयेगा बच्चों की शिक्षा पर इस साल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 दस नंबर जहाँ पर लिखा है मकर राशि जान जाइए तो पहला घर की चीज़ क्या होता है ये आपके होता है शरीर का ये आपके होता है रूप का रंग का आकृति का आपके नेम का आपके फेम का तो इस साल शनि गोचर की वजह से साढ़े साथी का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा जिस वजह से आपका स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होगा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 इस से आप लोग करिए गूगल पर मिल जाएगा कुंभ राशि के जातकों शनि मोक्ष का यह है आलस्य तो व्यय का, तो का सया तो कुंभ राशि के जातकों साल 2020 में कुल मिलाकर के जीवन साथी के साथ यदि हम बात करें तो निजी मामलों पर कुछ विवाद हो सकता है और ये विवाद कोर्ट कचहरी तक में पहुंच सकता है आप लोगों के बीच सेफ्रेशन की स्थिति आ जाएगी यदि नया घर या नया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जानकार से मदद लीजिएगा पैसे को फसाइएगा नहीं इस साल आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा होगा विदेशी संपर्कों से अच्छा लाभ आप अर्जित करते हुए नजर आएंगे अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना रहेगा इस साल विदेश जाने की जो इच्छा है ये आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपको एक-एक अचानक से धन लाभ होगा आप झूठ इस दौरान बहुत ज्यादा बोलेंगे वहीं पड़ोसियों से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है आपके जो है क्या कहते हैं गले से रिलेटेड और कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई इन्फेक्शन आ सकती है इसके साथ साथ आपकी संतान आपका बड़ा नाम करेगी साहब कोई नया प्रेम संबंध कुंभ राशि के जातकों का स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ेगा संतान उच्च शिक्षा के लिए यदि बाहर जाना चाहती है तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है आप लोग भेज सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा क्योंकि शनि की साढ़े साथ स्टार्ट हो गई है तो प्रतिदिन दशरथ के स्त्रोत और शनि चालीसा का आप लोग पाठ कीजिए शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा लोहे की कढ़ाई में माह में एक बार ये करना रहेगा सरसों के तेल में और उड़द के बड़े बना करके मजदूरों को दीजिए भिखारियों में बांटिए अपंगों को दीजिए इनकी आप लोग सेवा करिए देखिए शनिदेव कितना अच्छा आपको रिजल्ट देंगे तिल का दान आप लोग कर सकते हैं दर्शकों ये तो थी हमारी जो है कुंभ राशि अंतिम राशि पर चलते हैं तो मीन राशि के जातकों शनिदेव का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा तो चूंकि शनिदेव आपके 11वें और 12वें हाउस के जो है स्वामी बनते हैं साल 2020 में शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 11th हाउस इट मीन्स इनकम का होता है लाभ का होता है आपकी मनोकामना विश जो आपके अंदर होती है, वो आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी बड़े भाई बहनों का होता है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 भाग के सितारे बड़े बुलंद होते हैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं अलग अलग उपाय होते हैं फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन ओम शनि और देवी आप बहन पीते शनि इस मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए दशरथ के शनि स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए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 प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए हैं दर्शकों सब्सक्राइब कीजिए बगल में मना बेलाइकन दबाइए और पुराने भी हैं